नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में बीबीसी 24 फोर इंटू सेवन आज हम खड़े हैं सुभाष पल्ली खुदिरामपल्ली अठारह नंबर वार्ड जहाँ पे गुरुकुल के माध्यम से नारी को हमारी बहन बेटियों को सशक्तिकरण बनाने के तरफ में दो कदम और आगे बढ़ देखिए क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है आइए और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से हम समझते हैं और जानते हैं हम सभी सजनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा हमारे सहयोगी के प्रेसिडेंट संजय सासर एवं उपस्थित है महिला दिवस के अवसर पे हमारी बहन बेटियों को नारी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मरक्षा अच्छा करने के लिए माँ दुर्गा की तरह बने झांसी की रानी की तरह हमारी बहन बेटियाँ बने तो इस पे आपका क्या है राय विचार विमर्श इस पे अपना प्रकाश डालिए सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ तेरा महिला मंडल की तरफ से भी सबको शुभकामनाएं देती हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे का और कहते विश्वास है, तो आदमी कहीं भी आगे बढ़ सकता है तो अगर अपने अंदर शक्ति हो और हर प्रेम बेटियाँ अगर हर तरह से प्यार आत्मरक्षा करने के लिए पैटर्न हो या फिर कोई भी तरह की ट्रेनिंग लेके अगर वो आगे बढ़ें और अपने आप में शक्ति महसूस करें तो क्योंकि है आजकल के युग में जो आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है तो वो बच्चियाँ अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और को ऐसी शक्ति का युप माना गया है परंतु ऐसा है अपने आगे विश्वास पाने के लिए कुछ तो सीखना पड़ता है आगे बढ़ना पड़ता है और पहले सपने देखने पड़ते हैं तो अगर बच्चियां, हमारी बच्चियाँ हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अपने आप में पूरी शक्ति का संचार करके बढ़ें कुछ ट्रेनिंग लेकर बढ़ें ताकि लोगों को अपनी रक्षा करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए तो हम सबको हर तरह से अपनी शक्ति का संचार करके वो हर तरह के कोर्स कर जैसे अनेक अनेक कोर्स चले हैं उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ आगे आना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सबको हृदय से सैल्यूट करता हूँ मैं क्योंकि आप लोग हैं तभी शहर कहीं ना कहीं महफूज है ये हम नहीं कहते हैं तमाम माता बहनें कहती हैं तो मैम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप कुछ कहना चाहेंगे मैम आज का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में